वेलकम स्वागत आपका स्वीट कॉम्बैट के अगले पार्ट में दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है की कहानी आप सभी को समझ में आएगी तो पिछले एपिसोड में कॉलेज के प्रिंसिपल ने तीनों लड़कियों और मिंग को बहुत ही डांटा था लेकिन तीनों लड़कियों ने उन्हें धमकी दी थी की अगर वो मिंग टैन को पनिश करेंगे तो हम तीनों कॉलेज छोड़ कर चले जाएंगे प्रिंसिपल जरा सोच विचार करते है की चलो तुम्हें एक और चांस दे देता हूँ और आपकी बात जो टूर्नामेंट होगा उससे मिंगटेन का परफॉर्मेंस देखकर ही मैं इस बारे में फैसला करूंगा फिर वो से कहते हैं कि ये सीनियर्स तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं तुम्हारे लिए तो कॉलेज छोड़ने को भी तैयार है तुम्हें जरूर उनके लिए कुछ करना चाहिए तो जवाब कहता है कि सर आज तक मैं यही सोचता रहा कि ये तीनों सीनियर्स मुझे सिर्फ अपना टाइम पास समझती हैं लेकिन मुझे नहीं पता था की तैयार तो हो जाएंगी इसलिए मैंने फैसला किया है की कि जरूर अच्छा करूंगा अब अगले सीनियर मिंगटन थैंक यू को थैंक करता है और कहता है की मुझे बचाने के लिए आपने खुद कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की और मेरे लिए आप दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट ऐसी लड़ने को भी तैयार हो गयी थी इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू आपका लेकिन हमेशा की तरह को पता नहीं नहीं होता कि कि कि उसको क्या कहना चाहिए। वो कह कि मैं तुम्हारे लिए ये ये सब कर रही हूं, इसका मतलब आप मुझको पसंद करेंगी लेकिन और ये कह कर वो चला जाता है उसके जाने के बाद खटकती है कि और अब वो खुद को कोसने लगती है कि शायद मैं ही उसको चाहती हूँ वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता अब अगले दिन मिंगटैन अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और सुबह सुबह रनिंग के लिए निकल पड़ता है तभी रास्ते में उसको मिया मिल जाती है और दोनों रनिंग करने लगते हैं। मिया ने शुरू से अब तक उसके लिए जो किया था उसके बारे में सोचकर मिंगटैन बहुत ही खुश होता है अब कुछ दूर पर जॉमी भी उनको ज्वाइन कर लेती है तो मिंगटैन को याद आता है की पहले दिन से अब तक जॉमी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है आगे फैंक क्यों मिलती है और वो भी इनको ज्वाइन करती है और उसने हर कदम पर मिंगटैन के लिए बहुत कुछ किया था ये सब सोचकर मिंगटैन इनके बीच बहुत ही अच्छा फील करता है और इस तरह मिंगटैन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है अब ट्रेनिंग के पहले दिन ज़ाओमी मिंगटैन को बॉक्सिंग लवती है और रिंग के अंदर खड़ा कर देती है फिर उस पर धनाधर धना पंचिस उतारती है और वो डर के मारे अपनी आँखें बंद कर लेता है फिर जाउमी उसे आँखें खुला रखने को कहती है और फिर से पंचिस करने लगती है अब मिंगटैन फिर आंखें बंद कर लेता है जाउमी बताती है की तुम्हें हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और के मूव्स पर ध्यान देना चाहिए तभी तो तुम डिफेंस कर पाओगे और हाँ एक बात याद रखना और जैसे ही मौका मिले तो तुरंत उस पर अटैक भी कर देना फिर से कहती है कि अंदर आ जाओ हम दोनों इसे डेमो दिखाएंगे और मियां इसी मौके का इंतजार कर रही थी और खुशी खुशी अंदर आकर सच में जॉमी को अटैक करने लगती है अब जॉमी खूब डिफेंड करती है और कहती है की ये डेमो है मेरी जान आराम ऐसी लेकिन तुम तो मुझको सच में अटैक कर रही हो तो वो कहती है की हाँ यार रियल अटैक करूंगी तभी तो मैं ठीक से सीख पाएगा और इसके बाद फिर मिंगटान को ट्रेन करती है और उसे पंच पे पंच, पंच, पंच मारती जाती है अब अगले शॉट में जेंगजी कॉलेज के प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो सुनो कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलते हैं और बातें करने लगते हैं सुनाओ के कॉलेज प्रिंसिपल एक पावरफुल मूव करते हैं जिससे हवा उनके कंट्रोल में आ जाती है फिर वो हवा ऐसी जेंगजी के प्रिंसिपल को अटैक करते हैं लेकिन हमारा प्रिंसिपल उसे बड़ी आसानी ऐसी रोक लेते है और कहते हैं की लगता है तुम्हारे मूवमेंट में वो दम नहीं रहा प्रिंसिपल बनने के बाद क्या तुमने प्रैक्टिस को छोड़ दिया है नहीं ऐसी बात नहीं है मुझे तो लगता है मास्टर ने आपको मुझसे बेहतर ट्रेन किया है और अब हमें पता चलता है कि इन दोनों प्रिंसिपल्स ने एक ही मास्टर से ये मार्शल आर्ट सीखी थी और इनमें से ज़ेंगज़ी के प्रिंसिपल सीनियर हैं अब वो कहते हैं कि आपके कॉलेज स्टूडेंट्स हर बात पे लड़ने लगते हैं क्या आपने उनको कॉलेज के रूल्स के बारे में नहीं बताया तो ये कहकर वो फिर से वही मोमेंट करते हैं और इस बार भी हमारे प्रिंसिपल आसानी से उसको टैकल कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है आपके स्टूडेंट्स ने ही उनको उकसाया होगा चलिए इन बातों को यहीं छोड़ देते हैं और ये कहकर वो एक नया मोमेंट करते हैं जिससे दूसरे प्रिंसिपल एकदम कांपने लगते हैं और फिर अब ये दिखाते हैं कि दोनों प्रिंसिपल्स बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार पोज में खड़े हो जाते हैं लेकिन हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि हमें इस तरह नहीं लड़ना चाहिए बल्कि हमारे स्टूडेंट्स को ये सीख देनी चाहिए कि वो मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के साथ अपने स्किल्स को शेयर करें दूसरे प्रिंसिपल को भी ये बात ठीक लगती है और वो मान जाता है अब अगले शॉर्ट में दिखाते हैं कि मिंग अब तक जाउमी से मार खा रहा है लेकिन मार खाते खाते वो अचानक डिफेंस करने लगता है अब ये देखकर जॉमी और मियाँ दोनों जाती वाह तुम तो बहुत जल्दी सीख गए यार। और ये कहकर दोनों खुश होती हैं। मिंगटैन को खुद विश्वास नहीं होता और वो भी खुश हो जाता है फिर बाहर आकर जॉमी पूछती है तुम इतनी जल्दी कैसे सीख गए क्या तुमने पहले कोई ट्रेनिंग ली थी तो मिंगटैन बताता है की बचपन में मैंने थोड़ी ट्रेनिंग ली थी लेकिन बाद में छोड़ दी थी लेकिन आपकी बार ट्रेनिंग मत छोड़ना ठीक है ये कहकर जॉमी उसके पैर दबाने लगती है और कहती है कि बॉक्सिंग के बाद पैर की मसल्स भी स्ट्रेस हो जाती हैं, इसलिए उनको मसाज करना बेहद जरूरी है और मिया से रहा नहीं जाता और वो कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो मैं उसके पैर को मसाज करूंगी और कहकर हीरो के पैर दबाने लग जाती है फिर दिखाते हैं कि फेंग रात को कार में जा रही है लेकिन अचानक एक शॉप को देखकर उतर जाती है ये वही आइसक्रीम वाली शॉप है जहां मिंग टेन के भेष में नोटिस मारता था और एक दिन उसने फैंगू के लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी रिजर्व करके रखी थी वो अंदर जाकर कॉफी ऑर्डर करती है और बाहर आकर बैठ जाती है फिर उसकी कॉफी भी आ जाती है और वो वो उस बड़े रैबिट को है। है। नहीं जानती कि उसके अंदर ही मिंगटैन घबरा जाता है कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया और वो पास आता है तो फैंक बताती है कि उस दिन तुमने मेरे लिए आइसक्रीम रिजर्व करके रखी थी इसीलिए आज मैंने तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाई है इतना ही नहीं बचपन में, में मेरे पास एक रेबेट की गुड़िया थी जो मुझको बहुत ही प्यारी थी तुम बिल्कुल उस गुड़िया की तरह दिखते हो और मैं नहीं जानती कि इस रैबिट के मास्क के अंदर कौन है और ये भी नहीं जानती कि तुम बोल भी सकते हो या नहीं लेकिन मैं तुमको अपनी वही गुड़िया समझकर एक बहुत ही पर्सनल बात शेयर करना चाहते हूँ तभी जाकर मुझको तसली मिलेगी मेरा एक दोस्त है और वो मुझको बहुत ही अच्छा लगता है मैं हमेशा उसकी हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन वो हर बार मेरी मदद को ठुकरा देता है पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है बल्कि मेरी गलती है जब भी मैं उससे मिलती हूँ तो मैं खुद को भूलकर उससे बहुत ही हार्श बिहेव करती हूँ लेकिन फिर भी वो मुझको बहुत ही प्यारा है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ लेकिन कैसे करूँ ये समझ नहीं पाती अब इस तरह वो बहुत ही इमोशनली होकर बात कर रही होती है और मिंगटैन अंदर से सुन रहा होता है फिर फैंक कहती है की बहुत देर हो गई है इसलिए मुझको जाना होगा लेकिन तुम ये कॉफी जरूर पीना ठीक है और ये कहकर वो चली जाती है अब मिंगटैन सोचे पड़ जाते हैं की ये जरूर मेरे बारे में ही कह रही थी और तब उसके चेहरे पर एक छोटी सी और प्यारी सी स्मा आती है अब अपनी प्रैक्टिस खत्म करके कार वॉश की जगह पर आ जाता है वो यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और तब मिया की तुम हर रोज प्रसाते हो, हो और शाम को यहां काम करने आ जाते हो, पर आज हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करने वाले है क्योंकि तुम बहुत थक गए होंगे बयूनो कहता है की यार मैं भी रोज प्रैक्टिस करता हूँ और शाम को अपने होटल में काम करता हूँ क्या तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगी इस पर मिया उसके पैर को अपने पैर से तेज दबा कर है क्या कहा तुमने है क्या कहा अब चिल्लाता है कि अरे अरे मत करो यार मत करो ठीक है मैं टायर नहीं हूँ मेरा पैर छोड़ो अब मिंगटैन उनसे मदद के लिए संकोच करता है लेकिन वे जिद करने लगते हैं और आखिर में मिंगटैन उन्हें भी यूनिफॉर्म देता है अब यहाँ फैंक को मिंग का ख्याल आ रहा होता है उस जॉमी को मैसेज करती है तो वो रिप्लाई करती है कि हम तीनों तो मिंगटैन के पार्ट टाइम वाले वर्कशॉप में हैं और आप मेरी मदद कर लीजिए ओके और अब फैंक यू मिंगटैन से यूनिफॉर्म मांगती है खुशी खुशी उसको यूनिफॉर्म निकाल कर देता है यार एक कार वॉश करने के लिए कितने यूनिफॉर्म गंदा करोगे एक्चुअली ये मेरा पर्सनल कमेंट है दोस्तों लेकिन कार वॉश करने के बहाने ये सब मिलकर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं अब ये सब एक साथ इतने खुश होते हैं कि सारे के सारे कार्ड्स को एकदम चमका देते हैं अब सारा काम खत्म करके ये लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तब मिंगटैन को कल की बात याद आती है और वो सबसे कहता है कि मुझे आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है आप सबसे मिलने से पहले मैं कभी किसी से कोई मदद नहीं लेता था हर काम खुद ही करना चाहता था लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम सब मेरे सच्चे दोस्त हो तुम लोग मेरी मदद करो या ना करो ये अलग बात है पर तुम सब मन ही मन मेरी मदद करना चाहते हो और मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है मैं बहुत लकी हूँ की मुझे तुम जैसे फ्रेंड मिले ये सुनकर फैंगू भी बहुत ही खुश होती है और मिंगटैन को अच्छे से देखने लगती है मिंगटैन भी फैंकू को देखने लगता है और देखिये ये मिया बीच में क्या कर रही है और में दोनों को बार बार देख रही है अब अगले सीन में प्रिंसिपल मिस्टर वैंग से कहते हैं कि मैंने उस दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर ली है हम दोनों चाहते हैं कि दोनों कॉलेजेस के बीच शांति बनी रहे और वो कभी न लड़ें। फ्यूचर में वे एक होकर अपने स्किल्स डेवलप करें यही हम दोनों का सपना है इसलिए मैं दो तीन दिन बाद एक डांस पार्टी अरेंज करने वाला हूँ उस पार्टी में हम दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर इन्वाइट करेंगे इसलिए आप हमारे सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए अब मिस्टर वैंग सारे स्टूडेंट्स को मैसेज कर देते हैं की अब फाइटिंग ट्रेनिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ डांस की प्रैक्टिस भी कर लेना दो दिन में कॉलेज की स्टूडेंट्स की डांस पार्टी होने वाली है इसलिए अपने डांस पार्टनर को खुद ही कर लेना। अब स्टूडेंट्स मैसेज देख बिल्कुल ही शौक हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ फाइटिंग ही आती है डांस वगैरह तो आता नहीं लेकिन फिर भी डांस के नाम पर ये खुश हो जाती है पर मिया कहती है की कुछ ही दिन में टूर्नामेंट होने वाला है और अभी डांस प्रैक्टिस करना जरूरी है क्या मैं तो नहीं करूंगी ये कहकर अपने क्लब में ट्रेनिंग के लिए लेके जाती है और फिर वो हवा में उड़कर ऐसा तगड़ा डेमो देती है कि मिंगटैन की तो बोलती बंद हो जाती है इतने दिन तो ये इतनी क्यूट सी लड़की लग रही थी यहाँ तो बिल्कुल एकदम प्रो की तरह परफॉर्म कर रही करने ही लगता है उसको बताया गया है की इस फाइट में बैलेंस बहुत ही जरूरी है इसीलिए वो बैलेंस से रिलेटेड किकिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है उसके किक को देख तो ये दोनों हैरान रह जाती है इसने अभी तो ट्रेनिंग शुरू की है लेकिन इसकी किक देख कर तो लगता है की ये ऑलरेडी ट्रेंड है क्या ये कोई है जो इतनी जल्दी सीख गया और इन दोनों को हैरान कर देने वाले इस शॉट के साथ ही दोस्तों यहां पर ये यह एपिसोड खत्म होता है अगर ये सीरीज़ आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको इतनी पसंद क्यों आ रही है साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर जरूर कीजिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग